ये दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हॉस्टल वार्डन एन जीके की आपका टोटल 25 नंबर का व्यापम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं छात्रा और शिक्षक के सामान्य ज्ञान से साथ ही सब इंस्पेक्टर की बात करें जिसका एग्जाम 6 नंबर को होने वाला था उसको स्थगित कर दिया गया है यानी कि आप सभी के लिए दोनों ही क्लास अति महत्वपूर्ण है जो लोग छात्रा और की तैयारी कर रहे हैं साथ ही एस भर्ती यानी कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए टोटल हम दोनों के लिए पचास एम लाए हैं ठीक है ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में सटीक क्वेश्चन एकदम आने वाला है यानी कि 70 परसेंट गारंटी के साथ जो लोग छात्रावास अधीक्षक या सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से वीडियो पर जुड़ जाइएगा डेली क्लासेस कराया जा रहा है दिवाली का सुनहरा अवसर है यहाँ पर दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं साथ ही दिवाली खत्म हो चुकी है ठीक है अब चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं दिवाली का सेकेंड दिन क्लास स्टार्ट हो जाएगी हमने बताया था वो क्लास स्टार्ट हो चुकी है ठीक है छात्रा और शिक्षक और सब इंस्पेक्टर की तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन लेकर आए छत्तीसगढ़ राज्य के समाज विज्ञान का पार्ट वन वीडियो यानी कि हम देखें यहाँ पर प्लेलिस्ट लिस्ट पर आपको एसआई भर्ती की एडियो की और हॉस्टल वॉर्ड की ये तीनों ही क्लासेस का हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा और ये नया बेच स्टार्ट हुआ है ठीक है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान छात्रावास अधीक्षक का जो क्लास चल रही है इसका नया बेच क्लास प्रारंभ हुआ है रात 8 बजे ठीक है रात 8 बजे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान इसको नोट कर लीजिएगा टाइमिंग की कई लोग टाइमिंग पूछते हैं तो इसको नोट कीजिएगा रात आठ बजे ठीक है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान साथ ही करेंट अफेयर और मैथ्स की क्लास कल से प्रारंभ की जाएगी मैथ्स की जो क्लास होती है वो आपका शाम पाँच बजे रहेगा कितना शाम पाँच बजे ठीक है करंट अफेयर की क्लास सुबह आठ बजे सुबह आठ बजे कौन सा करंट अफेयर की क्लास जो है सुबह आठ बजे रहेगी रात आठ बजे छत्तीसगढ़ सामान्य जाना मैथ से आपका शाम पाँच बजे कल से प्रारंभ किया जा रहा है एक नए समय पर बिल्कुल सटीक क्वेश्चन जो कि व्यापम में आएगा ही आएगा ठीक है तो चलिए क्वेश्चन है आपका कि बस्तर के दशहरा उस सब की समाप्ति होती है या आपका मुड़िया दरबार से होती है इसको नोट कीजिएगा जो बस्तर का जो दशहरा होता है वो आपका मुड़िया दरबार से होता है वीडियो को लास्ट तक देखना चैनल पर ना है तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना साथ ही बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लेना जब भी मैं ऐसे रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा ठीक है जितना हो सके वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं ठीक है सेकंड क्वेश्चन है आपका कि बस्तर में रथ यात्रा के पर्व को क्या कहा जाता है ये आपका पीएससी 2019 में पूछा है ठीक है बस्तर का जो दशहरा होता है उसमें रथ यात्रा के पर्व को क्या कहा जाता है तो उसको गौचा पर्व कहा जाता है बिल्कुल सही है गौचा पर्व आएगा उसके बाद है आपका बस्तर में माटी त्यौहार कब मनाते हैं व्यापम के 2018 में पूछा है ठीक है मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हूं व्यापम पीएससी का क्वेश्चन है ठीक है जितने भी पिछले विगत वर्षों का जो कि कई बार रिपीट होता है ठीक है बस्तर का जो माटी त्योहार होता है माटी ठीक है उसको कब मनाया जाता है तो आपका चैत्र माह में मनाया जाता है अब चैत्र माह को हिंदी में क्या कहा जाता है जल्दी बताइए इसको क्या बोला जाता है अप्रैल मार्च जनवरी फरवरी क्या बोला जाता है आप कमेंट में जरूर बताए ठीक है इसके बाद है इसका देखिए मैं आप सभी के लिए 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ ठीक है पचास क्वेश्चन लेकर आया हूँ डेली आपका दस दिनों का को क्रैश कोर्स चल रहा है ठीक है दस दिनों का को क्रैश कोर्स क्रैश कोर्स का मतलब समझ रहे हो ऐसा क्वेश्चन जो कि व्यापम और पीएससी में पूछा जाता है तो आप सभी को 10 का 50 का गुणा कर दोगे 10 दिन के लिए क्लास है तो आपका टोटल 500 सौ हो जाएगा यानी कि 500 सौ में कम से कम अगर टोटल 500 सौ एम का तैयार कर लेते हो तो आपका 70 परसेंट गारंटी है सिलेक्शन का चांस हो जाता है ठीक है इसके बाद देखते हैं बस्तर के दशहरा पर्व रथ के किन के द्वारा खींचा जाता है रथ किन के द्वारा खींचा जाता है तो आप सभी को पता है आदिवासी ठीक है जो आदिवासी होता है उसके द्वारा रथ को खींचा जाता है तो स्थानीय आदिवासी लिखना ठीक है स्थानीय आदिवासी ठीक है पीएससी 2016 में पूछा गया है मैं आप सभी को बार बार पोल रहा हूँ दस दिनों को क्रैश पोल रहा है बिल्कुल फ्री क्लासेस रहेगी ठीक है जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर देना चलिए बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा की जाती है आप सभी को पता है ये, ये वाला आया था 2016 में व्यापम में ठीक है वन विभाग में ठीक है तो ये कौन से देवी है काछीन गादी देवी काछीन इसको नोट कीजिए काछीन गादी देवी ठीक है व्यापम में आया हुआ है जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ व्यापम से ही है इसके बाद है काछीन किस अनुष्ठान से संबंधित है जो संबंधित होता है काछन वो देखिए सी जी में आया है दशहरा में जो दशहरा होता है उसको प्राचीन गांधी पर्व से संबंधित अनुष्ठान किया जाता है ठीक है देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ पचास क्वेश्चन लेकर आया हूँ दस दिनों का को क्रैश कोर्स है बिल्कुल फ्री क्लासेस है बिल्कुल पैसा आपको नहीं लिया जा रहा है मैं बार बार बोल रहा हूँ अगर आप टोटल पाँच सौ कर लेते हो तो आपको सत्तर गारंटी ही आप सिलेक्शन हो जाएगा तो ध्यान से समझिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर एग्जाम से पहले वीडियो को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है कि क्वेश्चन में जो होता है इस राज्य की किस जनजाति का समुदाय है ये व्यापम के मंडी निरीक्षक में आया हुआ प्रश्न है 2021 में जो हुआ था थापड़ी नृत्य उसको कोरकू कहते हैं कोरकू नोट कीजिएगा कोरकू जनजाति है जो कि थापड़ी नृत्य से संबंधित है ठीक है इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये व्यापक में आता है कटरी पथरी चूना मैं बार बार बताया हूँ इसको ये भी मंडी निरीक्षक में पूछा गया 2021 में कठिया पथरी चूना किस क्षेत्र में स्थित है जो कठिया पथरी चूना होता है इसका आया था रायपुर में ठीक है रायपुर इसको नोट कीजिएगा रायपुर ठीक है जो कठिया पथरी चूना होता है इसको ध्यान से समझिए कटरी पथरी चूना होता है वो पत्थर क्षेत्र के रायपुर जिला में स्थित है और बस्तरा का जो विदाई होता है ना माउली वाला ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है इसको नोट कीजिएगा बस्तर दशहरा में माउली माई के विदाई के सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है तो जो अंतिम कार्यक्रम होता है उसे गंगा मुंडा यात्रा कहा जाता है व्यापम में आया हुआ प्रश्न पीएससी 2019 में आया हुआ है इसको नोट कीजिएगा पीएससी में ठीक है पीएससी 2019 में आया हुआ है ठीक है गंगा मुंडा यात्रा यानी कि बस्तर का जो दशहरा होता है माउली माई की विदाई के सम्मान में नोट कीजिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट है कि जेठवनी किस माह मनाते हैं देखिए अब दिवाली तो खत्म हो चुका है ये दिवाली का सेकंड क्लास है ठीक है दिवाली तो यहाँ पर मना चुके है। हैं लक्ष्मी पूजन गोवर्धन पूजा कल मनाए थे और आज आपका स्टार्ट हो चुकी है क्लास ठीक है और आप सभी कमेंट में बताएं कि जेठवनी किस माह मनाते हैं तो आपको सभी को मालूम है कार्तिक माह में मनाया जाता है तो जेठवनी क्यों मनाते हैं ये आप कारण बताइए क्यों मनाते हैं तो इसका कमेंट में आंसर दिए ठीक है जो लोग तैयारी कर रहे हैं व्यापम पीएससी की तो इनको कारण पता ही होगा कि कार्तिक माह में जेठवनी मनाया जाता है लेकिन क्यों मनाया जाता है ये आप कमेंट में जरूर बताएं ठीक है एक लोगों का आंसर आ चुका है एक से दो लोगों का आंसर अभी भी आ चुका है ठीक है मनीष और राहुल का आंसर आ चुका है ठीक है कश्यप का भी है क्या पटेल किरण पटेल का भी आंसर आ चुका है और क्या है मोहन सीता राजू गोपाल इन सभी का आंसर आ चुका है क्यों बनाए जाते हैं लो हाँ हेलो जी बिल्कुल नमस्कार हाँ क्लास चल रहा है ना क्लास के बाद कॉल करें ओके थैंक यू चलिए परल पर ये क्या है आपका परल कोट जो परल कोट हुआ था किसके शासन में हुआ था मही ठीक है मही पाल अब इसको याद रख लेना मही और पाल मही जैसे मही खाते हो ना हाँ बिल्कुल अभी जो गोवर्धन पूजा में वहीं से हम लोग मनाते हैं क्या बोलते हैं जीमी कांदा कोचाई और क्या क्या मखना वखना मिलाते हैं ना वो गाय की पूजा की जाती है तो उसको खिचड़ी खिलाया जाता है ठीक है तो उसको गोवर्धन पूजा के दिन होता है ना हाँ बिल्कुल तो देखिए जो परल कोट हाँ चलिए अब क्लास में स्टार्ट कर ध्यान दीजिए परल विद्रोह के शासक थे जो परल विद्रोह था विद्रोह किसके लिए था परल पलट दिया उसको ऐसे याद रखो महीपाल देव मही और पाल पाल को क्या करते हैं पलट देते हैं उसी प्रकार जो परल कोट विद्रोह हुआ था वो महीपाल देव से हुआ था इसको नोट कीजिएगा कैसे याद करने है ट्रिक आपको बता रहा हूँ दे, देखिए ट्रिक क्या है परल कोट यानी कि पाल को क्या कर देते हैं पलट देते हैं उसी प्रकार महीपाल देव ठीक है प्राचीन छत्तीसगढ़ के सरबपुरी शासकों की राजधानी क्या होती है ये सभी को पता है कि बारसुर आएगा ठीक है बारसूर ये बिल्कुल सही है ठीक है चलिए तितरदेव छत्तीसगढ़ की इस राजवंश से संबंधित जो तितरदेव होता है इसको पांडुवन ठीक है क्या है पांडुवन तीतरदेव इसको नोट कीजिएगा ठीक है उसके बाद छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ था आप सभी को पंचायत पंचायत शैली ठीक है पंचायत शैली इसको नोट कीजिएगा जो है पंचायत शैली ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव मंदिर का जीर्णोद्वार किसने करवा जो राजीव मंदिर होता है ठीक है उसका जीर्णोद्वार किसने करवाया था तो आप सभी को मालूम है जगत ठीक है जगत पाल देव ठीक है कौन सा है जगतपाल देव ठीक है चलिए छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कुलेश्वर महादेव मंदिर ये एग्जाम में आया हुए प्रसिद्ध कुलेश्वर महादेव जो मंदिर है ये पीएससी का 2022 में हाल ही में जो एग्जाम में प्यून भर्ती एग्जाम हुआ था ठीक है प्यून भर्ती का एग्जाम हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध कुलेश्वर महादेव मंदिर का जो पूछा गया था राजिम है ठीक है राजीम इसमें राजीव दिया गया है लेकिन वो आपका हो जाएगा राजिम में ठीक है इसको नोट कीजिएगा कपूरिया वंश की राजमुद्रा क्या है आप सभी को पता है गजलक्ष्मी गज का मतलब होता है हाथी लक्ष्मी का मतलब होता है माता रानी ठीक है तो ये आप आज है कपूरिया वंश की जो राजमुद्रा थी ये वाला है ना वो गजलक्ष्मी हो जाएगा उसके बाद ये बताइए कि गांधी जी सर्वप्रथम रायपुर आगमन किस तिथि को हुआ था जो गांधी जी आए थे छत्तीसगढ़ में रायपुर में जो आगमन किया था 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ में आए थे रायपुर में लेकिन आप सभी ये बताएं पहला तो मैं आप सभी को बता दिया कि गांधी जी सर्वप्रथम रायपुर में आज आगमन की तिथि बीस दिसंबर उन्नीस सौ लेकिन गांधी जी की त्वितीय आगमन कब हुआ था गाँधी जी ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है ठीक है आप सभी के लिए क्वेश्चन है गांधी जी द्वितीय आगमन कब हुआ था ये आप कमेंट में बताइएगा इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा कमेंट बास दिया गया है बाकी और भी वीडियो देखना चाहते हैं मैथ्स क्लास तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए वहाँ पर आप सभी की क्लास मिल जाएगी साथ ही जो लोग हमारे WhatsApp ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो WhatsApp ग्रुप का नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है आप ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक है इसके बाद देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो स्त्री साक्षरता है सबसे कम कहाँ है सबसे कम है आपका बिहार ठीक है जो स्त्री साक्षरता है सबसे कम बिहार में है तो आप ये बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में राज्य में स्त्री का साक्षरता सबसे अधिक कहाँ है इसको नोट कीजिएगा व्यापम में आता है ठीक है तो ये बताइएगा कि राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य में स्त्री का जो साक्षरता है सबसे अधिक कहाँ है मैं आपको कम वाला बताया हूँ बिहार में ठीक है कम वाला कहाँ है बिहार में लेकिन सबसे अधिक कहाँ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ इसके बाद देखेंगे कि वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का कौन सा क्रम है आप सभी को पता है चौथा क्रम होता है वन क्षेत्र की जो दृष्टि है भारत में छत्तीसगढ़ का जो क्रम है चौथा क्रम है ठीक है चौथा क्रम है अभी ये बताइएगा कि 2018-19 में छत्तीसगढ़ के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का जो हिस्सा है वो आपका छत्तीस है कब में दो और उन्नीस के लिए पूछा गया है ठीक है इसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो अधिकांश वर्षा होती है कहाँ से होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है कहाँ से होती है दक्षिण पश्चिम मानसून ये आपका दक्षिण ये नीचे वाला भाग ठीक है ये छत्तीसगढ़ मान लीजिएगा यहाँ से ये दक्षिण हो गया ये पूरा छत्तीसगढ़ एक मिनट ना मैं आपको पूरा क्लियर बताता हूँ ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा मान लीजिए ये आपका छत्तीसगढ़ है ठीक है ये आपका नीचे हो गया दक्षिण ये आपका हो गया उत्तर ये आपका हो गया पूर्व और ये आपका हो गया पश्चिम ठीक है ये आपका उत्तर ठीक है ये नीचे वाला दक्षिण तो देखिए यहाँ पर इधर पूरा पर्वतीय पर्वत है और इधर नहीं है पूरा वन क्षेत्र है तो यहाँ से ये 90 परसेंट इधर से नहीं जाकर यहाँ से होती है बंगाल की जो खाड़ी है ठीक है बंगाल की जो खाड़ी है ठीक है वहाँ से आपका होती दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है. इधर से नहीं आकर ये जो पर्वत है वहाँ से यहाँ पर नहीं चढ़ पाता तो यहाँ से जो इधर ऐसे धीरे धीरे न यहाँ से धीरे धीरे धीरे धीरे चढ़ता चढ़ता इधर जाएगा और यहाँ से आपको वर्षा स्टार्ट हो जाएगी मतलब इधर पूरा समुद्र है इधर ठंडी हवाएं आती है ठीक है चलिए देखते हैं इसके बाद इस राज्य में अंग्रेजों का जो नियंत्रण था स्थापित होने के समय किस घोसले शासक के अधीन था तो आप सभी को पता है अप्पा जी क्या है अप्पा जी ठीक है ये बार बार झारखंड वाला आ रहा है ठीक है नेट स्टार्ट करते हैं ठीक है इसके बाद देखते हैं कि विद्रोह अब जो वीरनारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई थी वीरनारायण सिंह गिरफ्तार कब हुआ था दो दिसंबर अट्ठारह को और आप सभी को मैं ये बता दूं कि वीरनारायण सिंह जो गिरफ्तारी हुआ था या आपको दो दिसंबर अट्ठारह को हुआ था और विद्रोह की बात करें तो वीरनारायण सिंह से यहाँ से बिल्कुल छत्तीसगढ़ के नारायण में यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं वीरनारायण सिंह से एक से दो नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एक न एग्जाम में सूढ़ी गाय की कहानी नामक छत्तीसगढ़ ही के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है सीताराम ठीक है बोलिए सीताराम भगवान की जय तो चलिए सीताराम यहाँ पर लिखते हैं सीताराम मिश्रा जी हैं यहाँ पर ठीक है सुरही गाय की कहानी नामक छत्तीसगढ़ी कहानी के लेखक कहा है आपका का पंडित सीताराम मिश्रा जी चलिए इसके बाद देखेंगे क्या क्वेश्चन है यहाँ पर इस राज्य के आयुष विश्वविद्यालय का नाम किनकी समिति पर रखा गया है तो आप बताइएगा दीनदयाल उपाध्याय है ठीक है इसके बाद राज्य में उन्नीस में जो झंडा सत्याग्रह हुआ था आप सभी को मैं बार पत्र बताऊँ उन्नीस सौ में जो झंडा सत्याग्रह हुआ था कहाँ से प्राप्त हुआ था तो ये आपका आएगा बिलासपुर ठीक है ये मुंगेली रोड है ना बिलासपुर जो मुंगेली उधर जाते हैं या आप बिलासपुर ठीक है पंडेरिया रोड ठीक है उधर से ही जाते हैं तो इस राज्य में 1923 में जो झंडा सत्र का होता है झंडा झंडा क्या है अब ये देखिए अब झंडा कौन कमेंट कर रहा है पागल व्यक्ति देखिए इस राज्य में 1923 में बेवकूफ नहीं तो कुछ भी पूछता है 1923 में झंडा सत्र का कहाँ से प्रारंभ हुआ था पता नहीं आएगा मैं बार बार बोल रहा हूँ बिलासपुर से डिटेल जानकारी चाहिए क्या तरह को आप क्वेश्चन पर पढ़ते हो ध्यान नहीं देते प्रति व्यक्ति का आय का जो सूत्र क्या है ये एग्जाम में आता है ठीक है अर्थव्यवस्था पूछा गया है प्रति व्यक्ति का जो आय का सूत्र होता है सकल राष्ट्रीय आय का कुल जनसंख्या ठीक है सकल राष्ट्रीय आय का बटा कुल जनसंख्या सबसे ऊंचा भाग कौन सा है मैन पार्ट पता नहीं है क्या मैन पार्ट बोल रहा हूँ बार बार बता रहा हूँ ध्यान से समझते नहीं हूँ इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग पूछा गया है मैन पार्ट आय कुछ भी पागल जैसे पूछते रहते हैं क्वेश्चन इस राज्य के निम्नलिखित में से किस करद राज्य में ब्रिटिश शासन में दो लोग आदिवासी विद्रोह हुए थे कौन कौन से मैं आप सभी को बता दूं कि बस्तर है इसको नोट कीजिएगा बस्तर ठीक है बस्तर है जो राज्य के करद राज्य में ब्रिटिश शासन को दो आदिवासी में विद्रोह हुए थे चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ठीक है ये आप सभी के लास्ट क्वेश्चन है इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में इस स्थानीय निवासी ठीक है जो स्थानीय निवासी है दो उन्नीस में प्रथम सत्याग्रह कब हुआ था जो कंडेल सत्याग्रह है तो आप बताइएगा धमतरी में कौन सा विद्रोह हुआ था और गट्ठर शिली में कौन सा विद्रोह हुआ था आप कमेंट बाक्स में जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा ठीक है ये आपका पार्ट वन वीडियो था ठीक है कल हम पार्ट टू वीडियो लेकर आएंगे टोटल पचास एम सी की व्यापम पी में पूछा जाता है तो दोनों क्लास चल रही क्या क्या बताया हूँ पहला आप नोट कीजिएगा छात्रावास अधीक्षक दूसरा एसआई भर्ती जो कि एसआई भर्ती का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आता है आप सभी को मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद